चैनल अभी हम जा रहे हैं मार्केट की हो तो सोचा आप लोगों के साथ मिले लेते चलो आई होप आपको मज़ा आएगा शॉपिंग करने में भी देख सकते पिछले को तो मैंने जान मुझकी खाली रोड लिए <laughs> ताकि मैं थोड़े बहुत वीडियो कैप्चर कर सकूँ चलो चलते हैं फिर आज बादल इतने सुंदर लग रहे हैं कि क्या ही बताएं देखिए कितना सुंदर दिख रहा है बादल आज एकदम खूबसूरत और आज, आज वेदर भी काफी अच्छा है ना पूनम आज मार्केट जाने के लिए वेदर काफी अच्छा तो, है मुझे यह समझ में नहीं आ रहा की प्रॉपर शॉपिंग हो पाए चाहे तो नॉर्मली यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि हमें ट्रैफिक में ही रुकना पड़ जाता है काफ़ी देर चलो बहुत डेंजरस रोड आ गए हैं और ट्रैफिक भी आ चुकी है अब हम भी क्लोज करते हैं फिर आपसे बाद में मिलते हैं ज़्यादा भी रहना वीडियो बनाना मुश्किल हो रहा है बेटे भी सब देख ही रहे सामान देखती है फिर आपसे मिलते हैं तो ये आ गए हम लोग का कॉमन जोन में देना मैगी के तो हम लोग का सर्वाइवल ही नहीं चीज़ों में व्यस्त <laughs> आखिर वो ले लिया और मिले मिलेगा तो बहुत चलो हाँ हाँ चाहिए लेकिन पता नहीं मेरे को ब्रांडेड ही चाहिए नॉन ब्रांडेड में हमारा बास्केट भर चुका है भी महारानी को शॉपिंग करना है महारानी आई होप आपको ये छोटा सा शॉपिंग का व्लॉग पसंद आया होगा बाय बाय